कई देवता इस दुनिया में सबके रूप सुहाने हैं खाटू में जो सजकर बैठे हम उनके दीवाने हैं जय श्री श्याम मैं सुनीव हंस आज खाटू जी के मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि वहां मंदिर कैसे बना खाटू धाम में एक गाय जो रोज घास चरने जाया करती थी जमीन के एक भाग पर खड़ी हो जाती उसके थनों से खुद ही धार निकलती और धरती में समा जाती थी जैसे कोई जमीन के अंदर से गौ माँ का दूध पी रहा हो घर आने पर जब गौ का मालिक उसका दूध निकालने की कोशिश करता तो गौ माता दूध नहीं देती थी क्योंकि उसमें दूध निकल ही नहीं पाता था यह क्रम बहुत दिनों तक चला गो मालिक ने सोचा कोई न कोई ऐसा जरूर है जो इसकी गाय का दूध निकाल लेता है एक दिन गो मालिक ने उस गाय का पीछा किया उसने संध्या के समय जब यह नजारा अपनी आंखों से देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई गाय माता का दूध अपने आप धरा में समाने लगा गो मालिक अचरज से राजन के पास गया और पूरी कहानी बताई राजा और उसकी सभा बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं कर रही थी पर राजा जानना जरूर चाहता था आखिर माजरा है क्या राजा ने अपने साथ कुछ मंत्री लिए और उसने देखा कि गौ मालिक तो ठीक ही बोल रहा है उसने अपने कुछ लोगों को उस भाग को खोदने में लगा दिया जमीन का भाग जैसे ही खोदा जाने लगा उस धरा से आवाज आई अरे धीरे खोदो यह मेरा शीश है उसी रात राजा को स्वपन आया कि राजन अब समय आ गया है मेरे शीश को अवतरित करने का मैं महाभारत काल में वीर बरबरी हुआ करता था और मैं भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान दिया था फलस्वरूप मुझे कलयुग में पूजित किए जाने का वरदान मिला है खुदाई के समय मेरा सिर जहां मिलेगा और तुम्हें खाटू जी का मंदिर बनाना पड़ेगा सुबह जब राजा उठा तो उसने अपने की बात को ध्यान रखकर खुदाई शुरू कर दी। और फिर जल्दी ही देव श्री श्याम का शीश उस धरा से अवतरित हुआ तो उसी प्रकार राजन ने वहा एक भव्य निर्माण मंदिर का करवाया जहा आज खाटू श्याम जी का मंदिर है लोग बहुत दूर दूर से उन्हें प्रणाम करने आते हैं कलयुग का अवतार श्री खाटू श्याम हारे का सहारा श्री बाबा श्री श्याम बाबा इन सभी नामों से शीश का दानी इन्हीं सभी नामों से उन्हें पूजा जाता है जय श्री श्याम